शनि आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे इलेवेंथ थाउस इट मीन्स इनकम का होता है लाभ का होता है आपकी मनोकामना विश जो आपके अंदर होती है वो आपकी पूरी होगी कि नहीं होगी बड़े भाई बहनों का होता है तो कैरियर में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी आपकी एक पहचान बनेगी वही पॉलिटिकल बहुत अच्छा आप मूव चलेंगे कोई पॉलिटिक्स में आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होगी करियर में आपको इतनी सफलता मिलेगी कि यही आपकी असली पहचान बनेगा दर्शकों स्वास्थ्य की ओर से आप खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करेंगे इसके साथ साथ जो मीन राशि के हमारे जातक रहेंगे हर कार्य में माता पिता का भरपूर साथ मिलेगा साल के कुछ महीनों के बाद ही आपको पैसों की भरमार मिलेगी कहते हैं ना शनिदेव रंग को राजा बनाते हैं तो मीन राशि के जातकों वो राजा बनने के लिए आप लोग तैयार रहिए पूरे गोचर में सबसे ज़्यादा यदि किसी को लाभ होगा तो आप लोगों को ही लाभ होगा यदि आप बुजुर्ग हैं तो आप अपने जो है मतलब बच्चे की शादी कर सकते हैं आपके घर में पुत्रवधु आ सकती है कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट इस साल आप खरीदते हुए नजर आएंगे और बांटेंगे बहुत अच्छी आपको इनकम होगी आपको कोई नेम मिलेगा कोई फेम मिलेगा उच्चाधिकारी आपको कोई टास्क देंगे जिसके कारण होगा क्या कि आप फेमस हो जाएंगे अचानक से जो लोग यूट्यूब पर काम करते हैं फेसबुक पर काम करते हैं उनको कोई नहीं जानता था अचानक से उनको जानेगा भाग्य के सितारे बड़े बुलंद होते हैं उच्च शिक्षा के लिए बाहर जा सकते हैं विदेश यात्राओं का योग बन रहा है ज्योतिष धर्म के प्रति कुछ अध्यात्म रहेगा उपाय के तौर पर दर्शकों फिर कहेंगे अपनी कुंडली का विश्लेषण सबसे बेस्ट तरीका है शनि से रिलेटेड उपाय पाने का हर एक हाउस के अलग अलग उपाय होते हैं फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन ओम शनि और भिष्टे आप बहुवन पीते शनि और इस मंत्र का एक सौ आठ करिए दशरथ के शनि का आप लोग पाठ करिए और यदि हो सके तो कार्यक्षेत्र में अदरक वाली चाय क्योंकि चाय पत्ती पर भी शनि का अधिपति, अदरक पर भी शनि का अधिपति, तो अदरक वाली चाय कोशिश किया करिए डेली एक दो लोगों को अपनी तरफ से पिला दिया करिए बहुत अच्छा ये टोटका है तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए शनिदेव का यह परिवर्तन कमेंट के माध्यम से बताइए समझाने की हमने भरसा प्रयास किया है उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा नए दर्शकों तो सब्सक्राइब कीजिए बदल में बेलाइकन दबाइए और पुराने भी हैं